हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग आशा करता हूं सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और ये मेरा सातवां ब्लॉग है आज हम अपने गांव के खेत पे आए हैं आप देख सकते हैं चारों ओर धानों की फसल दिखाई दे रही है धान की फसल तैयार हो चुकी है 15 से 20 दिन में ये पक जाएंगे उसके बाद इनकी कटाई स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों ये मेरा सातवां ब्लॉग है और आप सभी लोगों का तय दिल से शुक्रिया आपने हमारे तीसरे ब्लॉग्स में इतने सारे कमेंट और लाइक्स करने के लिए दोस्तों ऐसे ही मैं आपको प्यारी प्यारी वीडियोस बना के दिखाता रहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए अपने दोस्तों को हमारा चैनल शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे कि मैं और भी ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियोस आप तक लाता रहूं और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैं आपका अपना निर्देश फ्रॉम यूपी शाहजहाँपुर से मैं एक छोटे से गांव रसीवन से बिलोंग करता हूँ आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक, तक के लिए धन्यवाद हम है हजारों में अब की जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है